गुड मॉर्निंग बच्चों संपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है आज देख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट्स पहले समुच्चय की डेफिनेशन देखेंगे वस्तु के सुपरिभाषित को समुच्च कहते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दो भाग होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं पार निबंद दूसरा समुच निर्माण रहो आप समूह की डेफिनेशन देखेंगे समूह की परिभाषा समूह बस तो के संग्रह को समूह करते हैं इनके अवयव अवयवी परिभाषा बंदे हुए नहीं होते हैं अब गणित के कुछ मानक समुच्चय हैं पहला कर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इसे से समुचय दूसरा पूर्णांकों का समुचय इसे जेड या आई से दर्श करते हैं तीसरा धनपूर्णांकों का समुचय इसे जेड प्लस या आई प्लस से दहशत है परि में संख्याओं का समझ इसे कैपिटल क्यों सदस्य है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल कैपिटलास्शत समिश्र संख्याओं का क्य इसे तीस आखरी है, पॉइंट संख्याओं का समुच्च कैपिटल से दहशत है काल्पनिक या अधिकाल्पनिक या सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं काल्पनिक या समिश्र संख्या बेसंख्या जो अंडर अंडरो केवग अवगति रेणात्मा, होती है समिश्र संख्या कहलाती है इनको हल करने के लिए आई आयोटा कैसे आयोटा का उपयोग कहते हैं इनस वन इजिक्वल टू तो? आई आयोग आप क्या ये और देख लेते हैं अवयोग को कैपिटली से डालते है अवयोग नहीं को नौ दिन से दाइशात है है ऐसे वो मैग्नेट होता है उपसमुचे नहीं है ये याद रखना आगे काम आएंगी ये समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू फिजिकल टू तो जीरो का हल समुच्चे रूप में लिखिए समीकरण क्या, समी क्या? स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू फिजिकल टू जीरो इसके गुणनखंड कर लेंगे अपन तो क्या आएगा टू वन जीरो टू गुणा करने पर एक हाँ। गुना करने तो पे दो आए और जोड़ने और घटाने पे एक आ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो एक्स एक्स प्लस टू वन एक्स प्लस इजिकल टू जीरो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो अच्छा एक्स इजिक्वल टू वन एक्स इजिक्वल टू माइनस टू आ जाएगा ठीक है ऐसे आप दोस्त के रूप में लिखेंगे अच्छा दिए गए समीकरण का हल समुच रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है सरफ्रका रोस्टर के अंदर वन माइनस टू सरपराका रोस्टा क्लोज दूसरा उदाहरण बुक सामने रखो तो समझ में आएगा समुच्चय एन सी आर टी बुक है समुच्चय एक्स X एक्स धन धनांक है और एक्स स्क्वायर छोटा और है चालीस ठीक है फोर्टी से छोटा है एक्स स्क्वायर को डॉक में लिखिए ठीक है हल करेंगे आप अब क्या बोला एक से एक धनपूर्णा है हमें पता है धनपुर नाम की संख्या कौन कौन से होगी और संख्या एक दो तीन चार पाँच छः ये पर हमें क्या चाहिए एक से स्क्वायर क्या छोटा चालीस से ठीक है तो आप क्या ये एक से की जगह बंद रखेंगे अपन क्या क्या रख सकते हैं वन रख सकते हैं टू रख सकते हैं थ्री वन रखेंगे वन का स्क्वायर करेंगे वन ही आएगा टू का करेंगे फोर आएगा थ्री का करेंगे सिक्स आएगा फोर का करेंगे थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आएगा फोर का स्क्वायर करेंगे सिक्सटीन आएगा फाइव का करेंगे ट्वेंटी फाइव आएगा सिक्स का करेंगे थर्टी सिक्स आएगा ये क्या अभी संख्याएँ है, ठीक है ये लेंगे चालीस से कम है बोला था तो यहाँ छत्तीस आ रही है, तो ये संख्या है, अथा दिए गए समुचय को एक प्रकार दोस्त रूप में लिख सकते हैं है एक, दो तीन चार पाँच छः ये क्या आंसर हो जा जाएगा बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे थैंक यू फॉर वाचिंग